देश के जवान भिगोकर लहू में वर्दी कहानी दे गए अपनी देश के जवान लहू में भिगोकर वर्दी कहानी दे गए अपनी मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी मनाते रह गए वैलेंटाइन डे हम और तुम यहाँ मनाते रह गए वैलेंटाइन डे हम और तुम यहाँ कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए